आश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की प्रेम कहानी बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही है लेकिन इस क्यूट कपल ने हर मुसीबत का डटकर सामना किया और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के मिलन को देखकर इस बात पर यकीन हो जाता है कि वाकई जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं बॉलीवुड के इस पावर कपल ने ये साबित कर दिखाया कि प्यार अगर सच्चा हो तो हर मुसीबत छोटी हो जाती है आइए हम आपको बताते हैं ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की प्रेम कहानी की दिलचस्प बातें अभिषेक और ऐश्वर्या सबसे पहले फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के के सेट पर मिले थे इसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म कुछ ना कहो में साथ काम किया उस दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक सिर्फ अच्छे दोस्त थे इससे पहले भी अभिषेक ऐश की पहली फिल्म और प्यार हो गया के सेट पर उनसे मिले थे ऐश उस फिल्म में अभिषेक के अच्छे दोस्त बॉबी देओल के साथ काम कर रही थी मजे की बात ये है कि उस दौरान ऐश्वर्या का सलमान के साथ अफेयर चल रहा था और अभिषेक की करिश्मा कपूर के साथ सगाई हो गई थी फिर जल्द ही अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूट गई और अभिषेक ने खुद को काम में बिजी कर लिया दूसरी तरफ सलमान के आक्रामक व्यवहार के कारण ऐश का उनसे ब्रेकअप हो गया ऐश्वर्या का उसके बाद विवेक ओबेराय के साथ अफेयर रहा लेकिन ये रिश्ता भी अधिक दिनों नहीं चल पाया कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म बंटी और बबली दो एक गाने कजरारे की शूटिंग के दौरान उनके बीच प्यार पनपा लेकिन 2006 से 2007 में उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने का समय मिला जब उन्होंने जान गुरु और धूम दो जैसी फिल्मों में साथ काम किया फिल्म धूम दो फीट के दौरान इनका प्यार परवान पर चढ़ा बता दें कि प्यार का इजहार अभिषेक बच्चन ने किया टोरंटो में फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद अभिषेक ने ऐश को न्यूयॉर्क में प्रपोज किया और ऐश भी तुरंत राज़ी हो गई एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा मैं काफी पहले न्यूयॉर्क में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था तब मैं अपने होटल रूम की बालकनी में खड़ा होकर सोचा करता था कि अगर मैं ऐश के साथ शादी कर लूँ तो कितना अच्छा होगा कुछ साल बाद फ़िल्म गुरु के प्रीमियर के बाद हम उसी होटल में गए और मैं उसे उसी बालकनी में ले गया और उससे शादी के बारे में पूछा प्रपोजल के बाद दोनों मुंबई लौट आए और उन्होंने 14 जनवरी 2007 को सगाई कर ली शादी के पहले भी ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में थोड़े उतार चढ़ाव आए पहला था ऐश की कुंडली में मांगलिक दोष जिसे हटाने के लिए ऐश को पहले एक पेड़ से शादी करनी थी दूसरी परेशानी धूम दो फीट में ऐश और ऋतिक के किस को लेकर हुई सूत्रों के अनुसार ऐश का इतना बोल्ड सीन देना बच्चन परिवार को पसंद नहीं आया था लेकिन ये सभी चीज़ें ऐश और अभी को एक होने से नहीं रोक पाए और आख़िरकार ऐश और अभी ने अप्रैल 2007 में शादी कर ली बारात बच्चन के जलसा से निकलकर प्रतीक्षा गई ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी पर भी बहुत चर्चाएं हुई क्योंकि शादी में बहुत से सेलिब्रिटीज़ को नहीं बुलाया गया शादी के इतने सालों बाद भी ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता बहुत मज़बूत है एक इंटरव्यू में ऐश ने कहा था अभिषेक मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है वे बहुत सपोर्टिव हैं, जब भी मैं किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होती हूं, वो मेरी परेशानी को तुरंत खुम कर देते हैं नवंबर सोलह दो हजार ग्यारह को ऐश ने प्यारी सी बिटिया आराध्या को जन्म दिया बेटी के जन्म के बाद ऐश ने काम करना पूरी तरह छोड़ दिया और अपना पूरा समय नन्ही आराध्या को दिया आराध्या के चार साल के होने तक ऐश ने काम नहीं किया उसके बाद ही ऐश्वर्या ने जज्बा फिल्म के साथ कमबैक किया ऐश्वर्या और अभिषेक ने अपनी फैमिली लाइफ और करियर दोनों को बहुत ही प्यार और जिम्मेदारी के साथ निभाया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐश्वर्या और अभिषेक की प्रेम कहानी एक मिसाल है इन दोनों ने अपने प्यार से ये साबित किया है कि सच्चा प्यार करने वाले हर मुसीबत झेलकर भी हमेशा साथ रहते हैं उनका प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होता